आप सुना दो, बात दो बात भी आपकी सेवा के लिए लगे हैं। हम पीछे तो बोलो के अभी थोड़ा सा ट जाया ट्रैक्टर जा मेरे मेरे मेरे बच्चे बच्चे बच्चे सुना बोलिया भैया सुना मेरे बच्चे मैंने तुमसे कहा में में युद्ध उससे बस बोले तुमने तो कॉपी कर ली तुम हमारी गोभी जाओगे वी वी भाई भाई, उंड प्ले करो <laughs> रॉन्ग हो सकता है लेकिन रॉन्ग कभी चलो भले चलो